समस्या सुनाने पर प्रशासनिक अधिकारी एक सौ ठोकने या सरल भाषा में कहें तो कानूनी कार्रवाई की धौंस दिखा रहे हैं सिवनी में किसानों को धमकी देते हुए एसडीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे किसानों से कह रहे हैं कि आवाज मत करो नहीं तो मैं 147 ठोक दूंगा इसका विरोध करते हुए किसानों ने कहा कि सर धमकी मत दीजिए तब जाकर कहीं एस के तेवर ठंडे पड़े अन्नदाता कही जाने वाले किसान की मुसीबतों के बीच अब प्रशासन की धौस भी शामिल हो गई है दरअसल सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र के किसान संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध की आरबीसी दाई तटकेनाल के तेल क्षेत्र में सिंचाई का पानी न मिलने से परेशान है क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाने को लेकर किसान कई बार विभागीय अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है परेशान किसान एस कार्यालय सिवनी पहुंचे जहां एस अमित सिंह ने उन्हें धमकी देते हुए चुप रहने को कहा अमित सिंह ने किसानों से कहा कि की चुप रहो नहीं तो अभी एक की धारा ठोक दूंगा जिस पर किसान भड़क गए और एसडीएम को खरी खोटी सुना दी जिसके बाद एसडीएम ने किसानों को पानी दिलाने का आश्वासन दिया अरे आवाज मत करो यार की बात सुन ली नहीं तो मैं सैतालीस ठोक दूंगा संगीत की सोलहरियो ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़